डिंडोरी का आदिवासी समाज शोभापुर में प्रस्तावित बांध के विरोध में सड़कों पर उतर आया है विरोध कर रहे लोगों ने उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में आम सभा आयोजित कर रैली निकाली और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा डिंडोरी में शासकीय उत्कृष्ट खेल मैदान में आदिवासी समाज द्वारा आम सभा आयोजित की गयी और प्रस्तावित बांध के विरोध में रैली निकाल कर को ज्ञापन सौंपा गया आम सभा में मुख्य तौर पर किसानों के घर जमीन धार्मिक स्थल ऐतिहासिक स्थलों को बचाने और बांध निरस्तीकरण का प्रस्ताव अहम मुद्दा रहा आम सभा के माध्यम से जनप्रतिनिधियों ने मांग की है कि मंडला और ढिलोरी में प्रस्तावित बांध निर्माण पर रोक लगाई जाए और बिना ग्राम सभा या बिना किसानों की अनुमति के काम शुरू नहीं किया जाना चाहिए उन्होंने कहा पैसा एक्ट लागू तो कर दिया गया है पर उसका पालन नहीं किया जा रहा सरकार कहती कुछ है और करती कुछ और ही है वही समाज सेवी हरी मरावी ने आरोप लगाते हुए कहा कि आजादी के बाद से आदिवासी वर्ग के नेता विधानसभा और लोकसभा में सोने जाते हैं लेकिन क्षेत्र की समस्या के लिए विरोध नहीं करते कहीं आवाज नहीं उठाई जबकि मंडला अनुपुर और डिंडोरी जिला पूर्णतः अनुसूचित जिला है बांध और सोभापुर बांध के विरोध में सभी क्षेत्रों की जनता यहाँ आए हुए है और हमारे क्षेत्र की जनताओं की मांग है की जो विठल बांध और बांध, बांधसोहापुर बांध निर्माण कार्य का जो काम बीच बीच में फिर सिलसिला चालू हो जाता है और हमारे क्षेत्र की जनता में एक मन में एक भय बना रहता है कि कब हमको दखल कर दिया जाएगा हम लोग यहाँ मांग कर रहे हैं हमेशा शासन प्रशासन के द्वारा ये आश्वासन दे दिया जाता है कि बांध निर्माण नहीं होगा बांध निर्माण नहीं हो रहा है वो बात तो ठीक है लेकिन सभी क्षेत्र की जनताओं का मांग है कि जो बांध निर्माण का जो प्रक्रिया है उसको निरस्त किया जाए अभी तक निरस्त करने की बात जब भी मांग की जाती है आश्वासन सिर्फ दिया जाता है आज तक निरस्त की निरस्त की बात आई नहीं है आज दिए क्या आश्वासन मिला आपको? आज भी बांध निर्माण जब तक क्षेत्र की जनता नहीं चाहेंगे तब तक नहीं होगा यही आश्वासन दिया गया है पर हमारे क्षेत्र की जनताओं की मांग है कि जो बांध निर्माण की बात चल रही है उसको निरस्त कर दिया जाना चाहिए और जो क्षेत्र की जनता मुआवजा राशि लेने के लिए तैयार नहीं है उसके बावजूद भी उनके खाता ए, सर्च किया जाता है उनके खाता इकट्ठे करके और जबरदस्ती उस खाते में डाल के और उनकी जमीन भी अधिग्रहण कर लिया गया है जया सोनपुर जय डिंडोरी और बांध निर्माण संघर्ष हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है उसमें प्रमुख मांग ये है कि जो शोभापुर है सोभापुर में पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जानकारी लगी है कि बांध निर्माण किया जाना है निरस्त कराने के लिए समस्त किसानों के साथ जल्दा बांध और अंडई बांध और बसरिया बांध चार बांधों को निरस्त कराने के लिए आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन और ज्ञापन महा राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम से गौरव ज्ञापन सौंपा गया वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है